हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम के पन्ने की रेसिपी आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ देखिए सबसे पहले मैंने 250 फिफ्टी ग्राम्स अमियाँ ली हुई है उसको छोटा छोटा काटा हुआ है वैसे तो आप पूरी अमिया कई लोग क्या करते हैं छिलका उतार के साबुत बॉईल कर लेते हैं तो पर वो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि कई बार अमिया अंदर से ख़राब होती है कोई कीड़ा होता है या गड़ी हुई होती है तो आप काट लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अराउंड एक कप पुदीना मिंट लीव्स ली हुई है फ्रेश देखिए मैंने एक कटोरी भर के इसका अप्रॉक्स मतलब वो कुछ नहीं है फेक कि इतना ही यूज़ करना है देखें ये फूल ज़्यादा जाता है देखें मैंने एक कटोरी लिया हुआ है और इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट एक मैंने टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट लिया हुआ है एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर ली हुई है एक टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया हुआ है और अराउंड फोर टू फाइव टेबल स्पून शुगर ली हुई है अब इट डिपेंड्स अगर आपकी अमियाँ खटी है तो आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना शुगर ज़्यादा और डालनी पड़ रही है तो आप और डाल सकते हैं और आपको लग रहा है कि अमियाँ मीठी है तो आप शुगर थोड़ा सा कम कर सकते हैं दो से तीन टेबल ती इसमें यूज़ कर सकते हैं आइए चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है अब देखिए अब हम इसको आ, पैन में चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी आप इसको कर सकते हैं पर मैं इसको पैन में डालूँगी मैं इसमें देखिए कई पन्ना भी दो तरीके से बनता है कई होता है कि लोग थोड़ा थिक बना के रख लेते हैं और जब सर्व करना हो तो उसमें पानी ऐड करके आ, और ठंडा और आइस ऐड करके सर्व करते हैं और कुछ लोगों होते एक ही बार में सारा ही बना लेते हैं तो मैं आपको उस हिसाब से बनाऊँगी कि मैं थिक बना रही हूँ थोड़ा सा जब आपने सर्व करना है तो इसमें कोई अप्रॉक्स नहीं आप देखिए थोड़ा सा पानी डाल के धनिया डाली मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया अंदाजे से और इसमें ये मिंट लीव डाल दी बस ये देखिए मिंट लीव डाल देंगे सारी इसमें हम ये देखिए और इसमें पानी अप्रॉक्स इतना कि ये मुझे पाँच दस मिनट अराउंड इसको मैंने अभी तो हाई फ्लेम पे कर देती हूँ और इसको ढक के हम रख देंगे एक जैसे बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसको कर देंगे कि देखेंगे और इसको दस मिनट अराउंड मीडियम फ्लेम पे पड़ा रहने देते हैं हम इसको और 10 मिनट बाद हम देखते हैं पहले एक आप बॉईल आ जाएगा उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा हाई से ये देखिए मेरा अच्छे से एक बॉईल अच्छे से देखिए उबाला आ गया है अच्छे से ये सारी चीज़ें अब देखिए अमिया का कलर भी फर्क होने लग गया है थोड़ा सा तो अब इस टाइम पर हम इसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसके बाद दोबारा से इसको हम ऐसे ढक के छोड़ देंगे अब हम पाँच से सात मिनट के लिए और इसको इसी तरीके से बॉईल होने देंगे ये देखिए हमारा सात मिनट और बॉयल हो गया अच्छे से अब इस टाइम पे मैं इसमें ये जो शुगर डाली थी मेरी अमिया बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खटास लिए हुए थी मीठी नहीं थी तो मैं ये पूरी शुगर इसमें डाल रही हूँ मैं इसको शुगर डाल के अब इसको दो एक मतलब मानिए एक मिनट के लिए शुगर को भी पकने दूंगी और इसको ढक के रख दूँगी जिससे कि शुगर भी पक जाए ये शुगर बाद में भी आप डाल सकते हैं पर अगर आप इस टाइम पे शुगर को पका लेंगे तो इसका बेनिफिट होगा ये पन्ना बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर आप चीनी ऊपर से बाद में डालेंगे तो पन्ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है आपको एक दो दिन में ही कंज्यूम करना पड़ता है तो हम एक मिनट के लिए इसको फिर से मैंने ढक दिया है और अब इसको शुगर को भी इसमें पकने देते हैं ये देखिए इसको मैंने एक मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया था शुगर डाल के अब इसको मैंने गैस ऑफ कर दिए अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हैंड ब्लेंडर से या मिक्सर ग्राइंडर किसी में भी इसको अच्छे से पीस लेंगे इसके बाद, बाद स्पाइस एड करेंगे इसमें और ये वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आम का ना बनना बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं ये हमें इंटेंस हीट से बचाता है डिहाइड्रेशन से बचाता है विटामिन सी एंड विटामिन ए होता है इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम सब कुछ इतना ज़्यादा होता है और इसके अलावा हम मिंट लीवस जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा विजन इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन और हेयर को हेल्दी करता है तो दोनों ही चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और सबसे बढ़िया तो ये ठंडा ठंडा चील समर सीजन में पीने में इसका मज़ा ही कुछ और होता है तो आप इसको बनाइए जरूर अभी मैं चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है तो इसको हम पीस लेते हैं हमारा मिक्सर देखिए अब ठंडा हो गया है अब हम इसको इसमें डाल के मिक्सर ग्राइंडर में हमने पीसना है इसमें हम डाल देते हैं सारा देखिए मैंने दो गोटली भी डाल दी थी कि इसका पल आ जाएगा इसमें इसको मैं नहीं डालूंगी अगर आप उठली को डालेंगे तो वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा आपका अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं उसके बाद अगर आपको स्ट्रेन करना है ये नहीं करना आपकी चॉइस है चलिए पहले मैं इसको पीस लेती हूँ ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है अब अच्छे से देखिए मेरा पीस गया है इसके बाद मैं इसको इस डाल दूंगी जैद में अब इस टाइम पे इसके बाद मैंने देखिए अभी तो मैंने थोड़ा सा बनाया था केवल 250 ग्राम्स बना हुआ है मेरा ज़्यादा नहीं है अभी इसमें बस पानी और आइस ऐड होगी अब इस टाइम पे मैं इसमें ये ये ब्लैक सॉल्ट है ये डाल देंगे ब्लैक पेपर डाल देंगे और ये जीरा पाउडर भी इसमें ये मैं डाल दूंगी ये देखिए और फिर इसके बाद इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेंगे इसमें शुगर तो हम देखा है आपने ऑलरेडी हम डाल चुके हैं अब हम इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेते हैं ये हमारा आम का पन्ना सर्व करने के लिए रेडी है अभी इसमें मुझे पानी ऐड करना है और इसमें मुझे आइस एड करनी है कई लोग इसमें एक छोटा जब मैं अमिया बॉईल कर रही थी कई लोग इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी काट के डाल देते हैं वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए है। पर इसमें जो पुदीने और अमिया का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है तो आपका जैसा मन हो आप डालना चाहते है, तो एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं चलिए मैं इसको आप सर्व कर देती हूँ आपको दिखाती हूँ पानी और आइस डाल के मैं कैसे सर्व कर रही हूँ कितनी क्वान्टिटी में डाल रही हूँ क्योंकि आप इसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो ये सारा का सारा आपने नहीं पीना तो इसको बिल्कुल ठंडा करके आप इसको किसी भी ग्लास की बॉटल में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ये आपका हफ्ता आराम से ये चल जाता है और चलिए मैं इसको अब डाल के दिखाती हूँ कि कितना डालना है इसमें ये और कितनी आइस डालनी है देखिए आम का पन्ना है अब इसे भी हम पूरा ही बना रहे हैं और बाकी आपको बता चुकी हूँ मैं स्टोर करना है तो इसको बॉटल में डाल के आप रख दीजिए अब इस टाइम पर हम इसमें खूब सारी देखिए आइस अब डाल देंगे जितनी डाल सकते हैं आप खूब सारी आइसक्रीम डाल देंगे इसमें और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये देखिए ठंडा पानी अराउंड 5 एम इसमें पानी और हम ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा ये पन्ना अब इसमें आईज अगर आप और डालना चाहते हैं और चिल्ड करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा पन्ना बिल्कुल तो तैयार हो गया है टू ग्राम से अराउंड चार ग्लास तो ईजिली निकल आते हैं छोटे ग्लासेस हैं तो चार से छः ग्लासेस भी आपके निकल आएंगे ये देखिए अब मैंने इसको स्ट्रेन भी नहीं करा था इसको क्योंकि मिंट लीव अगर हल्की हल्की सी मुँह में आती है तो वह भी बहुत अच्छी लगती है तो अगर आप इसको स्ट्रेन करना चाहें तो आप इस्ट्रेन कर लीजिएगा चलिए मैं अब इसको सर्व कर देती हूँ ये देखिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ अब इसमें अगर आपने और आइस डाल है तो आप एक दो क्यूब्स डाल सकते हैं पर मैंने ऑलरेडी डाल दी है देखिए 250 फिफ्टी ग्राम्स अमिया थी एक छोटा बाउल पुदीना मिंट लीव थी और आ, 500 हंड्रेड पानी बाद में डाला मैंने और थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाला था मैंने आपको बता दिया एक टेबल एक टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट था एक टेबल स्पून काला नमक था एक टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर था अब इसके बाद देखिए अब हमें सर्व करना है तो हम इसमें थोड़ा सा मिटली रखते हैं और इसको चलिए ये हमारा आम का पन्ना बिल्कुल पीने के लिए रेडी हो गया है अब इसको सर्व करते हैं बाकी सॉल्ट और शुगर आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से जाना डालना चाहते हैं सॉल्ट थोड़ा सा आपको कम या ज़्यादा लग रहा है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा बाकी अब आप पन्ना बिल्कुल रेडी है पीने के लिए इसको बनाइए इस गर्मी के मौसम में और आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे आप सबको मेरी वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आप ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़ क्योंकि अगर अच्छे लग रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं आप वो भी बताइए अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए Thank you so much friends thank you